हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग गाइस और अभी सब जो बढ़िया बढ़िया चल रहा है और अभी एकदम मज़े में आज धूप नहीं निकली है और जी धूप निकल मुझे ना धूप वाला मौसम बहुत अच्छा लगता है लेकिन बारिश और विंटर इतना अच्छा नहीं लगता है मुझे धूप में क्या मज़ा आती है यार गाइस आइस बहुत मज़ा आता है धूप में उसके लिए धूप वाला मौसम अच्छा लगता है और आज हम अरे भाई आजकल हम मतलब मैं ना अब क्या होता है कि जब जैसे भी मुझे फ्री टाइम मिलता है ना मैं क्या करता हूँ कि मैं एडिटिंग का कुछ देख लेता हूँ नहीं तो फिर सिनेमैटिक वीडियो कैसे शूट करें प्रोफेशनल वीडियो कैसे शूट करें आजकल कर मैं वो देखते रहता हूँ तब मुझे थोड़ा सा अंदर से आ रहा है कि अपने वो ऐसी वीडियो शूट करनी चाहिए और सीनामेटिक कैसे लेते वीडियो को एडिट ऐसे करनी चाहिए तब समझ आ रहा है यार गाइस समझ आ रहा है अब तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है एंड गाइस हाँ आप लोग यार सब्राइज सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार सब्सक्राइब करो आजकल कर अपना चैनल थोड़ा डाउन में चलता है बहुत डाउन में चल रहा है आजकल अपना चैनल चलो देखते हैं अब तो क्या बोल रहा हो यार गाई आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते है? सब्सक्राइब करो ना तो बस अभी देखते हैं हमें अपनाए ऐसी घूमने मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ वॉट ऑन माई फोन वॉट ऑन माई फोन मेरा मतलब है कि मेरे मोबाइल में क्या कौन सा मोबाइल है क्या क्या ऐप है उसके लिए हमें दो मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं तो फिर मैं सोच रहा हूँ टॉपिक मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया था खाने का लिख दिया पहले दर्शन का ब्लॉग्स था क्योंकि मैं उस ब्लॉग्स तो डालता भी था लेकिन उसी के साथ साथ में वो टैग से रिलेटेड वीडियो भी डालता था बहुत सारी वीडियो डालता था मैं सोच रहा हूँ कि एक दूसरा चैनल पर क्रिएट करो जिसमें मैं टैग की वीडियो डालूँ मैंने बीच में किया था क्रिएट लेकिन हमने री कर दिया क्योंकि गाइज क्या हो रहा है कि जो मेरा यहाँ है ना इससे वो ज्वाइन नहीं हो रहा वो दूसरे अकाउंट से ज्वाइन हो रहा देखो यार हाँ मैं पता नहीं चल है भाई और अभी सब कुछ बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया समझ नहीं आ रहा है यार आप टॉपिक भी नहीं लिखते हो कमेंट में कि किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लाऊं टैक्स की मेरा मुंह काला दिख रहा है अब सही दिख सीधे वैसे आप लोग कमेंट में बता दो यार चलो मैं चलते थोड़ा बहुत सोच लेता हूँ सोच लेता हूँ हाँ ठीक सोच लेता हूँ गैस मैंने अभी एक वीडियो शूट करी हाउ टू शूट आइए मामा जी मतलब वो वाली वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए मुझे हो गए दो तीन घंटा हो गया हाँ दो तो एक घंटा हो गया अरे है अरे झाड़ू झाड़ू गर जाएगा ना यारवाड़ी वहाँ मोबाइल नहीं गिल जाए अरे हमने बहुत खतरनाक जगह पर रखा उमती तो हमटी की दादी आती हुई कैल को पकड़ के लेके जाएंगे छिता निकलता है तो उसके साथ अब देखो दादी आई तो भग है वो देखो भगने लग गया ऐसा ही वही <laughs> तो हे है मैं खेल के आ गया हूँ अगेन अगेन अगेन तो गई मैं खेलने चले जाता हो यार ये सोरी आज कल कर... मिस्टेक हो रही है गाई मैं खेलने चले जाता हूँ तो तो खेल जाना पड़ता है खेलने जाना पड़ता है हाँ खेलने जाना पड़ता है तो बस यार का साथियों में बस बुतना ही मिलते थे ने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाय